हेलो हेलो आज जोर से लगाएंगे

हेलो अब सभी अब और हमारे गार्जियन और हमारे प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय बिठवा केवल दो शब्द बोलेंगे दो मिनट में अपनी बात को समाप्त